शांुगशयनम पद्मनाभम सुशम विस्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीका कमलनयन योगिभर्ध्यान गम्य वंदे विष्णुवयहर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 मंथली राशिफल भी अक्टूबर माह का पड़ चुका है सिंह राशि कैसा रहेगा आज का दिन? तो सिंह राशि के को आज में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है आज आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है ऑफिस में आज आपके काम की प्रसन्नता होगी थोड़े से मेहनत में आज आप बड़ी सफलता पाएंगे व्यापारी वर्ग को आज अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप कोई जरूरी काम जो होगा वो कुछ रखता हुआ दिखाई पड़ रहा लेकिन किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व के मदद से वो काम आज आपका होगा संतान की तरक्की से आज, आज आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे आज, आज आपके अंदर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी आज अपने काम को नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन विष्णु सहेस का पाठ करिए और भगवान भास्कर को जलार्पण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा और दर्शकों